चल आई हम बार के दिमाग खराब कै दिल आई कल बहुत कमजोर भैगल दूध आर खेतिए तो मोटे गायों वाला नहीं मिले रखना तल आई बेचिए हम रखना तो नहीं है हरान हरन कर सता के जान मार दल चल दे रुको रुको रुको रुक भाई रुको रुक रुको रुक। कहा ले जा रहे हो इसे देखने के लिए है? देखने में तो ठीक ही है कितना दाम है इसका डेढ़ लाख भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया है दाम के अनुसार तो ठीक है कुछ तो कम कीजिए आपको एक लाख छब्बीस हजार लगा देंगे बहुत कम दाम में मिल रहा है ले लो इसे ठीक है दे दीजी आज तो बहुत कम दाम में बढ़िया का मिल गया है इसको घर ले जाएंगे दूध खाएंगे गोड़ी बनाएंगे खुआ बनाएंगे घर का सभी परिवार मिलके दूध खाएंगे फिर इसको बड़ा होगा तो बेचेंगे आज कल इतना कम दाम में इतना बढ़िया कहाँ मिलता है चलो अब इसको जोड़ देते हैं खाना पीना खिलाएंगे थे हमको आज बहुत कम दाम में बढ़िया गाय से उतर गया है थोड़ा तो इसको घास वूस लाग दे भैया गात ला ललो देख ला हाँ? कोन चे छिया ठीक है काली देखी देखबे हाँ? ए भैया अखरा दुहे बोला केबो छो की बात करे छी रे ए रे ई त गाय नै ई त बच्चा छ रे लाया लाया आयो आज हमरा खुशी मारा रहा नहीं जाए बच्चा के हम गाय कह केच दिल ओ में पाँच हजार के बच्चा लाखों से ऊपर बेच दिल से नहीं तो जाए डेढ़ किलो मिठाई चढ़े